मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने मंगलवार को छिंदवाड़ा के परासिया में नारी सम्मान योजना लॉन्च की कांग्रेस की योजना शिवराज सरकार की एक हजार रुपए महीना देने वाली लाडली बहना योजना के मुकाबले में लाई गई है कमलनाथ ने 500 रुपए में रसोई गैस सिलेंडर देने और मध्य प्रदेश में जितनी भी बंद खदाने हैं उनकी लीज निरस्त कर जमीन गरीबों को देने की घोषणा भी की शिवराज सरकार की एक रुपए महीना वाली लाडली बहना योजना के मुकाबले कांग्रेस के कमलनाथ ने डेढ़ महीना देने वाली नारी सम्मान योजना की घोषणा की कमलनाथ ने मंच से घोषणा करते हुए कहा हमारी सरकार बनती है तो मध्य प्रदेश में जितनी भी बंद खदानें हैं उनकी लीज निरस्त कर जमीनें गरीबों को देंगे कांग्रेस की स्कीम में 1500 रुपए हर महीने देने का वादा है वहीं घरेलू गैस सिलेंडर 500 रुपए में दिए जाएगा नारी सम्मान योजना की फॉर्म कांग्रेस के पदाधिकारी और कार्यकर्ता का घर घर जाकर भरवाएंगे कांग्रेस का कहना है कि मध्य प्रदेश में सरकार बनने के बाद इस योजना का लाभ महिलाओं को मिलने लगेगा उन्हें ना तो कहीं भटकने की जरूरत पड़ेगी ना कतार में लगने की रजिस्ट्रेशन फॉर्म घर पर ही भरवा कर रसीद दी जाएगी कांग्रेस का दावा है कि सरकार आने पर कांग्रेस महिलाओं को साल भर के अठारह हजार रूपए देगी सिलेंडर पर साल भर में 7,200 रुपए की सब्सिडी मिलेगी इस तरह कांग्रेस महिलाओं को साल भर में पच्चीस हजार की मदद करेगी एक करोड़ नौजवान आज बेरोजगार घूम गए यहाँ मैं देखता हूँ हमारे माताओं बहनों में भटक है यही नौजवान जिसका भविष्य अंधेरे में है ये ये कैसा भविष्य बनाएंगे जो आज के नौजवान मध्य प्रदेश का बनाएंगे, का भविष्य भविष्य बनाएंगे बनाएंगे कमलनाथ ने कहा मध्य प्रदेश में बीजेपी के पास बचा क्या है पुलिस पैसा और प्रशासन याद रखें कल के बाद परसों आता है पुलिस पैसा और प्रशासन का आप जो उपयोग करना चाहते हैं पांच महीने में कर ले कमल ने बीजेपी और सीएम शिवराज सिंह चौहान पर हमला करते हुए कहा कि 2018 में हमने वोट से सरकार बनाई इन्होंने सौदे से सरकार बनाई मैं मुख्यमंत्री था सौदा कर सकता था लेकिन मैंने कहा कुर्सी जाना है तो जाए आज जब हम इनसे सवाल करते हैं तो ये कहते हैं कि कांग्रेस ने 70 साल में क्या दिया है मोदी जी अगर आप स्कूल गए हों तो वो स्कूल कांग्रेस से बनाया था शिवराज जी अगर आप कॉलेज गए हैं तो वे कॉलेज कांग्रेस ने बनाया था मुख्यमंत्री के लिए तो क्या है ये तो क्या मंत्री है जनता को जवाब दे दिए आपने दिया क्या आपने दिया क्या आपने बेरोजगारी दी आपने भ्रष्टाचार दिया अत्याचार दिया यह शिवराज जी तस्वीर है प्रदेश की और मैचता क्या है पुलिस पैसा और प्रशासन पर सब याद रखें कल के बाद परसों भी आता है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 पहली किस्त बहनों के खाते में आ जाएगी एक रुपया की पहली किस्त योजना से जुड़ी अधिक जानकारी हेल्पलाइन नंबर जीरो एवं वेबसाइट सी पर लाली प्राप्त की जा सकती है वो खबरें जो आपके काम की हैं, वो खबरें